नमस्कार प्यारे अभ्यार्थियों स्वागत हैं आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एम टू नॉलेज में तो साथियों लेकर आ चुके हैं हम एक राजस्थान जीके की नई क्लास एक बार और साथियों पिछले चार दिनों से हमारे जो एरिया है उसमें सरकार द्वारा इंटरनेट की सेवा को बंद करवा दिया गया था लेकिन साथियों अब इंटरनेट की सेवाएँ चालू हो चुकी हैं इसलिए आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं तो साथियों इस वीडियो में हम आपको राजस्थान की प्रमुख मेले एवं त्योहारों और नृत्य के बारे में जानकारी देंगे तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन भी विद्यार्थियों ने साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके अभी हमारे चैनल एमपी नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें तो आपका पहला प्रश्न है आदिवासी संस्कृति में लोका क्या है आदिवासी संस्कृति में लोकाई क्या है बताना है साथियों आपको ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए मृत्यु भोज नृत्य जन्मोत्सव विवाह के समय भोज तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए मृत्यु भोज आदिवासी संस्कृति में लोकाई है ऑप्शन ए आपका दूसरा प्रश्न है राजस्थान राज्य में कला साहित्य एवं संस्कृति में सर्वाधिक योगदान किस जाति का कहलाती है तो साथियों जो राजस्थान राज्य में उसमें कला साहित्य एवं संस्कृति में सर्वाधिक योगदान किस जाति का है ऑप्शन भील जाति का राजपूतों का ब्राह्मणों का जैनियों का तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजपूतों का राजस्थान राज्य में कला साहित्य एवं संस्कृति में सर्वाधिक योगदान है साथियों आपका तीसरा प्रश्न है पोखरन के पास रामदेवरा में कौन सा मेला भरता है ऑप्शन चार भुजा का मेला कपिल मुनि का मेला रामदेव जी का मेला गोगा जी का मेला तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रामदेव जी का मेला पोखरण के पास रामदेव रा में भरता है चौथा प्रश्न है राजस्थान राज्य में लठमार होली मनाई जाती है राजस्थान राज्य में साथियों लठमार होली कहाँ मनाई जाती है जयपुर बाड़मेर कोटा महावीर जी तो सही उत्तर है ऑप्शन डी महावीर जी में लठमार होली मनाई जाती है पाँचवा प्रश्न है केसरियानाथ जी का मेला केसरियानाथ जी का मेला चैत्र बदी अष्टमी को कहाँ पर लगता है ऑप्शन मेवाड़ में दुलेब मेवाड़ कोलायतगाम गांव तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मेवाड़ में धुलेव गांव में नाथ जी का मेला चैत्र वदी अष्टमी को लगता है छठवा प्रश्न है प्रसिद्ध आदिवासी मेला बनेश्वर किस जिले में आयोजित होता है जैसा थी बेनेश्वर जी का मेला है वह किस जिले में आयोजित होता है ऑप्शन बांसवाड़ा डूंगरपुर उदयपुर बारा जल्दी कमेंट करिए साथियों सही उत्तर है ऑप्शन बी डूंगरपुर डूंगरपुर में जो साथियों बेनेश्वर जी का प्रसिद्ध मेला है वो भरता है सातवां प्रश्न है राजस्थान राज्य में बान माता कुल की आराधना होती है राजस्थान राज्य में बान माता कुलदेवी की आराधना कहाँ होती है ऑप्शन है मेवाड़ में जोधपुर में बीकानेर में जयपुर में सही उत्तर है ऑप्शन ए मेवाड़ में मेवाड़ में साथियों बान माता कुलदेवी की आराधना होती है आठवां प्रश्न है उस लोक नृत्य का नाम बताइए जिसमें नर्तक अपने सिर पर दो मटके रखकर कर शीशे के ऊपर नंगी तलवार पर नृत्य करता है साथियों सवाल को ध्यान से सुनना एक बार फिर से पढ़ते हैं उस लोक नृत्य का नाम बताइए जिसमें नर्तक अपने सिर पर दो मटके रखकर कर शीशे के ऊपर नंगी तलवार पर नृत्य करता है ऑप्शन भवाई नृत्य चक्री नृत्य तेरेताली नृत्य डांडिया नृत्य सही उत्तर है साथियों ऑप्शन ए भवाई नृत्य इसमें साथियों जो नर्तक होता है वह सिर पर दो मटकी रख के और शीशे के ऊपर नंगी तलवार पर नृत्य करता है नवा प्रश्न है कपिल मुनि का मेला कहां लगता है करौली नसीराबाद कोलायत चाकसू सही उत्तर है ऑप्शन सी जो कपिलमिनी का मेला है साथियों कोलायत जो कि बीकानेर में है बीकानेर बीकानेर में लगता है दसवा प्रश्न है चरी नृत्य है मीनों का भीलों का आदिवासियों का गुजरों का सही उत्तर है ऑप्शन डी गुजरों का चरी नृत्य है ग्यारहवा प्रश्न है राजस्थान राज्य में बम नृत्य कहाँ से जुड़ा है राजस्थान राज्य में बम नृत्य कहाँ से जुड़ा है ऑप्शन भरतपुर बीकानेर जोधपुर सीकर सही उत्तर है ऑप्शन बी बीकानेर राजस्थान राज्य में बम नृत्य बीकानेर से जुड़ा है बारहवा प्रश्न है पनिहारी नृत्य किस प्रदेश का आकर्षण है जो पनिहारी नृत्य है साथियों किस प्रदेश का आकर्षण है सही उत्तर ऑप्शन पढ़ते हैं गुजरात राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश तो सही उत्तर है साथियों ऑप्शन बी पनिहारी नृत्य राजस्थान का आकर्षण है तेरहवा प्रश्न है राजस्थान राज्य में तेरह ताली नृत्य किया जाता है राजस्थान राज्य में तेरह ताली नृत्य कहाँ किया जाता है ऑप्शन शिवरात्रि पर तेजाजी के मेले पर रामदेव जी के मेले पर भैरव के मेले पर कहाँ किया जाता है सही उत्तर है ऑप्शन सी रामदेव जी के मेले पर जो तेरह ताली नृत्य है वो किया जाता है सोल so, चौदवा प्रश्न है अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है साथियों अग्नि नृत्य है उसका संबंध किस संप्रदाय से है दादुपंथी निम्बार्क रामानुज जसनाती सही उत्तर है ऑप्शन डी जसनाती समुदाय दोस्तों जसनाथी संप्रदाय से अग्नि नृत्य का संबंध है पंद्रवा प्रश्न है छिद्र युक्त मटके जिनमें दीपक जलते हैं किस नृत्य की विशेषता है छिद्र युक्त मटके मत, जिनमें साथियों दीपक जलते हैं वह किस नृत्य की विशेषता है ऑप्शन घुड़ला गरवा वालर अग्नि नृत्य सही उत्तर है ऑप्शन ए गुड़ला छिद गुड़ला नृत्य की विशेषता है यदि मारवाड़ी का नृत्य डांडिया है तो जालौर का नृत्य है सोलह प्रश्न है साथियों आपका कि यदि मारवाड़ी का नृत्य डांडिया है तो जालौर का नृत्य कौन सा है ऑप्शन पढ़ते हैं अग्नि नृत्य ढोल नृत्य गीदड़ नृत्य गैर नृत्य न्रत, सही उत्तर है ऑप्शन बी ढोल नृत्य जालौर का नृत्य है सत्रवा प्रश्न है नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है नृत्य की साथियों जो कथक शैली है उसका आदिम घराना कौन सा है ऑप्शन लखनऊ बनारस जयपुर गुजरात सही उत्तर है ऑप्शन सी जो नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है वो जयपुर आठवां प्रश्न है अठारहवा प्रश्न है अलाउद्दीन की मस्जिद किस स्थान पर है जो अलाउद्दीन की मस्जिद है वह किस स्थान पर है अजमेर पाली सांचौर, जालौर तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑप्शन डी जालौर में अलाउद्दीन की मस्जिद है गुंदिस प्रश्न है राजस्थान राज्य में तिवनिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर अंग में पहना जाता है राजस्थान राज्य में तिवनिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है गले में हाथों में कमर में सिर पर सही उत्तर है ऑप्शन ए गले में जो तिमनिया नामक आभूषण है वह पहना जाता है बीसवा प्रश्न है शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है गैर गीदड़ गरवा डांडिया सही उत्तर है साथियों ऑप्शन बी गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है इक्कीसवा प्रश्न है निम्न में से ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं निम्न में से ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं घूमर नृत्य वालर नृत्य गैर नृत्य नेजा नृत्य सही उत्तर है ऑप्शन सी जो गैरनृत्य है उसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं बाईसवा प्रश्न है घूंगरे मेले का आयोजन आदिवासी किस माह में करते हैं घूंगरे मेले का आयोजन साथियों आदिवासी किस माह में करते हैं चैत्र माह में कार्तिक माह में फाल्गुन माह में पौष माह में सही उत्तर है साथियों ऑप्शन डी घूगर मेले सॉरी घूंगरे मेले का आयोजन आदिवासी पौष माह में करते हैं जो कि साथियों नवंबर या दिसंबर होता है प्रश्न है राज्य में विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक आकर्षित करने वाला मेला कहां लगता है? राज्य में विदेशी पर्यटकों को, को साथियों सबसे अधिक आकर्षित करने वाला मेला है जो कहा पर लगता है पुष्कर नागौर जयपुर जोधपुर सही उत्तर है ऑप्शन ए पुष्कर में विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक आकर्षित करने वाला मेला लगता है चौबीसवा प्रश्न है सास बहू का मंदिर स्थित है सास बहाू का मंदिर स्थित है अर्थुना में नागदा में सोमनाथ में आहड़ में सही उत्तर है साथियों ऑप्शन बी नागदा में जो कि दोस्तों उदयपुर जिले के उदयपुर में पड़ता है जो आपका सास बहू का मंदिर है वो राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले के नागदा में पड़ता है साथियों आपका आखिरी सवाल और 25वां सवाल है कि राजस्थान में भीलों का कुंभ मेला कहलाता है राजस्थान में भीलों का कुंभ मेला कहलाता है ऑप्शन आहड़ माता का मेला आसपुर का शिव मेला बैनेश्वर शिव मेला या बांसवाड़ा बसंत पंचमी मेला साथ ही उसका सही उत्तर है बैनेश्वर शिव का मेला है जो भीलों का कुंभ मेला कहलाता है साथियों आज का वीडियो बस यहीं तक यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेलाइकन को भी दबा लें जिससे कि जब भी हम राजस्थान जीके से रिलेटेड कोई भी वीडियो छोड़ें तो सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद